स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल 24.7 में तो चलिए आइए आज का हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का सोनिक बूम हाल ही में बेंगलुरु में सुनी गई एक लाउड साउंड का खुलासा एक सुपर फास्ट प्रोफाइल वाले आईएएफ टेस्ट फ्लाइट से हुआ था ऐसी उच्च गति वाली उड़ानों के कारण होने वाले ध्वनि प्रभाव को ध्वनि उछाल के रूप में जाना जाता है आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग जब भी कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज गति से हवा में घूमती है तो ध्वनि से संबंधित जो शॉक वेव होती है उसको हम लोग सोनिक बूम कहते हैं सोनिक बूम ध्वनि ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं एक विस्फोट या मानव कान के लिए एक गड़गड़ाहट गर के समान सामान्य लगता है बड़े सोनिक बीमा बड़े सोनिक विमानों के कारण सोनिक बूम विशेष रूप से जोर से और चौंकाने वाले हो सकते हैं लोगों को जगाने की प्रवृत्ति रखते हैं ये और कुछ संरचनाओं को मामूली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है कोबास अड़सठ टेस्टिंग मशीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 14 मई 2020 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का दौरा किया और कोबास अड़सठ परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है इसके प्रमुख बिंदु हैं यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोविड 19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है कोबस अड़सठ परीक्षण मशीन 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकेगी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इस मशीन की यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ जाँच क्षमता में व्यापक वृद्धि करेगी कोबस अड़सठ में रोबोटिक्स तकनीकी का प्रयोग किया गया है जो संदूषण की संभावनाओं को कम करता है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करता है क्योंकि इसे सीमित मानव हस्तक्षेपों के साथ दूर से संचालित किया जा सकता है क्योंकि मशीन को परीक्षण के लिए न्यूनतम बायोसेप्टी लेवल टू प्लस नियंत्रण स्तर की आवश्यकता होती है इसलिए इसे किसी भी विशेष सुरक्षा के साथ ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो कोवा तो अन्य रोगजनक जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, सीएमवी, क्लैमाइडिया, नेसेरिया आदि का भी पता लगा सकती हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाल ही में देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने कोविड 19 से संबंधित विभिन्न शोध कार्य संपन्न किए हैं इस दौर में कोविड 19 से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि ये महामारी काफ़ी भयानक रूप लेती जा रही है तो आइए इसके जानते हैं प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा कोविड 19 से संबंधित बड़ी संख्या में बहुआयामी शोध प्रस्ताव अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए हैं इन प्रस्तावों के प्रमुख विषयों में निम्नलिखित शामिल है नीपर नीपर मतलब यही है आपका ये राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान इसका इंग्लिश में नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासुकेशन एंड रिसर्च इस ही शॉर्टकट में नीपर कहते हैं नीपर मोहाली एंड एंटीवायरल एजेंट को लक्षित करने वाले प्रोटीन का डिजाइन नीपर मोहाली और राय वरेली इसका मतलब है कि नीपर के केंद्र है एक मोहाली में एक दूसरा राय में उसके द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफ से अनुमोदित दवा डेटाबेस का उपयोग करके कंप्यूटेशनल रूप से निर्देशित दवा पुनर्प्रयोजन नीपर मोहाली द्वारा रेमडेसिविर के ड्रग रूपांतरण के लिए प्रोडक्ट का विश्लेषण जैसे कि आप लोग को शायद पता होगा कि रेमडेसिविर उस समय जो वो चला था इबोला वायरस के लिए कामगार थी नीपर हैदराबाद द्वारा बीमार रोगियों के लिए सहायक चिकित्सा आधारित नाक स्प्रे करेगा ये इसके साथ ही नीपर राय बरेली जो है पारंपरिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके नए इम्यूनो बूस्टर फॉर्मुलेशन के विकास में आई आई आई एवं अन्य औद्योगिक साझेदार के साथ एक मेगा परियोजना शुरू की है इसने नीपर कोलकाता सीएसआईआर सीईसीआरआई एवं एक निजी निर्माता के सहयोग से कम लागत वाले एक स्वदेशी एवं प्रभावी आईसीयू आई वेंटिलेटर तैयार करने पर काम कर रहा है वेंटिलेटर्स की बहुत समस्या है हमारे देश में समर्थ ये नया टॉपिक है एक हाल ही में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ई e समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाली इकाई है इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है अच्छा एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी जितने भी करंट अफेयर्स तो के टॉपिक्स हैं ये आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा इससे आपको क्योंकि रीजन में बहुत सहायता मिलेगी मिशन है इसका इसका मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्रमुख बिंदु है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना के तहत एक गवर्नेंस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया है समर्थ्य क्या करेगा सभी विश्वविद्यालयों उच्च शैक्षिक संस्थानों को एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सुरक्षित मापनी एवं विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र करेगा यह विश्वविद्यालय उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा को छात्रों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करता है इसके तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कुरुक्षेत्र में अड़तीस मॉड्यूल ये कोई विशेष रूप से ज़रूरी नहीं है आप पढ़ लीजिएगा इन्हें ऑर्गेनिक ग्राम संगठनात्मक इकाई उपयोगकर्ता कर्मचारी प्रबंधन आईटीआई प्रबंधन कानूनी मामलों के प्रबंधन अवकाश प्रबंधन संपदा प्रबंधन शुल्क प्रबंधन विक्रेता के बिल को खोजना अनुसंधान परियोजना प्रबंधन स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधन ज्ञान प्रबंधन परिवहन प्रबंधन प्रशिक्षण एवं नियोजन छात्रावास प्रबंधन खेल सुविधा प्रबंधन आदि इसमें लागू किए गए हैं समर्थ के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से सूचना के निर्बाध उपयोग एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग से यहाँ के विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एक हमारा एक टॉपिक है और प्रशामक देखभाल पैलिएटिव केयर विश्व भर में अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व महामारी कोविड 19 के कारण अप्रशामक देखभाल जैसी अवधारणा पर चर्चा होने लगी है इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रचामक देखभाल उन लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल का एक विशेष रूप है जिसको गंभीर बीमारी है इस तरह की देखभाल आमतौर पर तनाव एवं कुछ बीमारियों के लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए होती है यह देखभाल रोगियों द्वारा उनकी एवं उनके परिवार की आजीविका में सुधार करने के लिए की गई है कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण न केवल लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है बल्कि उनकी भावनात्मक एवं सामाजिक पीड़ा में भी वृद्धि हुई है इस पीड़ा में भय चिंता अनिश्चितता प्रिजनों की पीड़ा एवं सामाजिक संकट जैसे बेरोजगारी कार्य एवं अन्य संस्थानों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने में असमर्थता कुंठा घर पर लंबे समय तक रहना आदि शामिल है ये तो सभी के साथ लागू होगा घर पर रहते रहते सब बोर हो गए हैं प्रशामक देखभाल पेलियोटिव केयर ही क्या है इसका शाब्दिक अर्थ है भौतिक एवं भावनात्मक दर्द को कम करना अर्थात दुख से राहत यहाँ दुख का शाब्दिक अर्थ है कष्ट संकट या कष्ट के दौर से गुजरना यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो रोगियों एवं उनके परिवारों में बीमारी से जुड़ी समस्या का समाधान कर रहे सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है इसमें शुरुआती पहचान एवं दर्द के मूल्यांकन तथा दर्द के उपचार के माध्यम से कष्टों की कठिनाई एवं पुरानी बीमारियों के कारण दिखाई देने वाले शारीरिक लक्षणों के उपचार शामिल है यह किसी भी रोगी में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संपूर्ण व्यक्ति का दृष्टिकोण है दृष्टिकोण जिसे कह सकते हैं प्रशामक देखभाल प्रशिक्षित डॉक्टरों विशेषज्ञों नर्सों द्वारा प्रदान की जाती है जो इस क्षेत्र में विशिष्ट है यह उपचार किसी गंभीर बीमारी से गुजरने के बाद किसी भी अवस्था में उपलब्ध है या इसे उपचार के साथ साथ प्रदान भी किया जा सकता है प्रशामक देखभाल कोविड 19 प्रकोप के मनोसामाजिक सामाजिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण है इसका उपयोग भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कर सकते हैं चलिए आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर तो सामने ही लिख दिए गए हैं। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स को तीन दशमलव सात पाँच से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो उत्तर है तीन दशमलव तीन पाँच दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है तो वह राज्य है हमारा हरियाणा चलिए हमारा आजकल सेशन यहीं से समाप्त होता है थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा